इंडिया में इतनी एयरलाइंस चलती है पर आखिर में नंबर वन कौन है नंबर टू कौन है टॉप फाइव कौन है इस वीडियो में सभी का जवाब मिलेगा तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले इंडिया की जो नंबर वन एयरलाइंस है वो है इंडिको जिसके पास टोटल मार्केट का 53 थ्री परसेंट शहर है सेकेंड पे आती है स्वाइस जिसके पास बारह परसेंट है तीसरे नंबर आरोप आती है हमारे रतन टाटा जी की एयर इंडिया नाइन चौथे नंबर पे भी आती है टाटा ग्रुप की एयर एशिया नाइन परसेंट नंबर पे भी आती है टाटा ग्रुप की एयर सेवन परसेंट इसके बाद आता है गोफा सेवन परसेंट इसके बाद आता है आकाश एस थ्री परसेंट तो जब टाटा ग्रुप की जो तीन कंपनियां है तीन चार पाँच अब बातचीत चल रही है इनके मर्ज होने की तो जब ये तीनों मर्ज हो जाएगी तब इनके टोटल सेल तेईस परसेंट और ये आ जाएगी नंबर टू पे लेकिन वन पे आने में बहुत मेहनत करनी है लेकिन हमें विश्वास है अपने टाटा जी